हम बात करेंगे अपने इस डेटा में कि जो जो एरिया ब्लैंक है उस पे मल्टीप्लाई करने की जो जो एरिया हमारा ब्लैंक है उस पे हम मल्टीप्लाई कैसे करें तो यहां पे हमने क्या किया कि ऐसे आगे वन बाय वन मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको ब्लैंक का थोड़ा रिपीट करेंगे क्योंकि आई मैं वो वो, तर, मैं उसी को रिपीट कर रहा हूँ ये भी तो ये ब्लैंक जितने भी ब्लैंक रोज हैं सारे ब्लैंक रोज पे हमें एक फॉर्मूला डालना है तो कैसे डालने तो हमने क्या किया कि सबसे पहले डेटा को सिलेक्ट कर लिया डेटा सिलेक्ट कर लिया डेटा सिलेक्ट करने के बाद हम वापस चले गए कि यहां पर फाइनेंस लेट के गो टू स्पेशल और यहां पे ब्लैंक सेल सेम उसी तरह जैसे हमने यहां पे टोटल डाला है ओके okay. तो जितने ब्लैंक्स है, वो आपके सिलेक्ट हो गया सिलेक्शन जरूर कीजिएगा वरना ये बाकी ब्लैंक जो है सब ब्लैंक सब ब्लैंक भी हो जाएगा तो पहले आप अपना एरिया सिलेक्ट जरूर कर लीजिएगा फिर इसमें हमने फॉर्मूला डाला कि ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करना है नीचे वाले से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करना है हमें नीचे वाले से जस्ट प्रेस कंट्रोल एंटर नॉर्मल एंटर नहीं करना है कंट्रोल एंटर कंट्रोल एंटर करेंगे तो ये बाकी पर कॉपी पेस्ट होगा हो control enter press किया सब पे copy paste हो गया और साथ साथ हम bold भी कर देते हैं but मैं यहां पर bold नहीं करना चाहता क्योंकि मैंने total को bold नहीं किया था छूट गया था तो हम bold करेंगे conditional formatting से